आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि अपनी बेटियों को ये काम ज़रूर सिखाएं। ये इन बातों की नसीहत अपनी बेटियों को ज़रूर करना चाहिए चाहे वो कोई भी माँ बाप हो, कोई भी हो देखो आज अगर ये बातें उन्हें नहीं बतलाए गई ना तो फिर आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ना फिर वो नस्लों को हम नहीं समझा पाएंगे अभी से हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं तो अगर बेटी है तो पहली पहली नसीहत यह है कि आप अपनी बेटी को ये समझाएं कि अपने चचा जदात या खाला ज़ या मामू के लड़के किसी भी लड़के से चाहे वो कम उम्र ही हो कभी भी उससे हाथ मिलाकर मुसाफा मत करना इसी के साथ साथ में ये भी सिखाना है कि किसी शख्स से बात करनी हो तो दरमियान में काफ़ी फ़ासला रख कर बात करें ये बात ज़रूर सिखाएँ आज जो हम देख रहे हैं ना वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा है तो दूसरी चीज़ ये सिखाएं कि किसी भी मर्द से बात करते हुए अपनी हदूद का ख्याल रखें अपना वहाँ पर वक़ार मतलब इज्जत बाकरार रखें और धीमी आवाज़ में बात करें बुलंद आवाज से कभी भी हंसना मत मतलब बुलंद आवाज से कह के मत लगाना ये दूसरी नसीहत बदलाना तीसरी चीज़ ये सिखाना है कि आम सड़क यानी जो सड़क होती ना उस पर अपनी सहेलियों के साथ कभी भी मजाक मत करो और लिफ्ट में अजनबी मर्द के साथ कभी मत चढ़ो पहले उसे जाने दो उसके बाद तुम जाओ ये बात भी ज़रूर सिखाना वरना हम जो देख रहे हैं ना वो भी इसके अपोज़िट बहुत मिल रहा है तीसरी चीज़ जो हमें अपने माशरे की बहन बेटियों को सिखाना है वो ये कि छोटी बेटी को अगर दुकान पर भेजना हो कितनी छोटी हो अगर उसको दुकान पर भेजना हो तो छोटे बारीक या चुस्त लिबास में मत भेजना और उसे वहाँ ज़्यादा देर ठहरने या दुकानदार के करीब होने से भी मना करना चाहिए ये तीसरी ये चौथी नसीहत भी सिखाना चाहिए चौथी बात अब पाँचवीं बात ज़रूर सिखाना चाहिए कि सड़कों पर किसी भी मर्द से बात ना करो सड़कों पर किसी भी मर्द से बात करने से बचो बाद लोग पता नफ्सियाती मरीज़ होते हैं बाद लोग नफसियाती मरीज़ होते हैं वो औरतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो ये बातें जो है ना आजकल हर कोई माँ बाप अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाए इन बातों की तालीम ज़रूर दे वरना फिर आगे आने वाली जो हमारी नस्ल है ना उनको फिर हम इस तरह की नहीं तालीम दे सकते हैं फिर तो वो और कुछ मॉडर्न हो चुके होंगे तो इसलिए इन बातों को ज़रा तवज्जो के साथ ध्यान दें और समझें छठी चीज़ ये अपनी बेटियों को सखनाना है कि जब दुकान या बाज़ार या आम जगह हो जमीन से कोई चीज़ उठाने लगो तो रुकू के तरीके से मत झुको रुकू के तरीके से मत झुको बल्कि सीधी कमर रख कर झुको और इसी तरह खड़ी हो जाओ ताकि ना जेबाहत पैदा ना हो और जिस्म में और जिस्म भी आपका ना दिखे छठी चीज़ ये ज़रूर सिखना है सातवीं चीज़ ये ज़रूर सीखना है कि दौरान सफ़र जब भी सफ़र कर रहे तो अपनी जाती ज़िंदगी की चीज़ें बयान न करो याद रखना दीवारों के भी कान होते हैं वहाँ बुलंद आवाज़ में ना ही बात करो बल्कि इत्मीनान के साथ ज़िक्र असकार में लगी रहो अब ये सातवीं चीज़ भी हमने बतला दी अब हम आठवीं चीज़ की तरफ आते हैं कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये सब पुराने ज़माने की बाहियात बातें हैं मतलब बेबुनियाद बातें हैं लेकिन मेरे भाई याद रखना दरअसल एहतियातों के साथ हम अपने बच्चों की सेफ्टी रख सकते हैं याद रखना और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हम रि और, और हम क्या करें इन रिवायात को क्या रखें ज़िंदा रखें वरना ये हमारे दीन के तकाज़े भी हैं इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़रूरत है कि आज हम अपनी बेटियों को इन बातों की नसीहत ज़रूर करें कि बागी के साथ निकलें मतलब पर्दे के साथ निकलें बेपरदगी नहीं होना चाहिए वरना आजकल हम जो देख रहे हैं वो बहुत कुछ उल्टा सीधा होता चला जा रहा है और हम आज के जो माँ बाप हैं या जो अपने भाई हैं वो अपने बहन को और माँ बाप अपनी बेटियों को क्या तालीम दे पा रहे हैं तो मेरे भाई इन बातों की ज़रूर नसीहत करें इन बातों को थोड़ा सा सीरियस लें समझें मेरी बात को